हेलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं हम आपको सिखाएंगे शादी की वीडियो कैसे बनाएँ अगर आपके घर में कोई शादी है तो आप उसके लिए किसी मीडिया वाले को बुलाते हैं स्टूडियो वाले को बुलाते हैं तो उस पर वीडियो बनवाते हैं तो आपके चार पाँच हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं तो आज हम आपको मोबाइल से ही बनाना सिखाएँगे इसके लिए आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना होगा वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा हम काइन मास्टर डाउनलोड कर लेते हैं हमने काइन मास्टर डाउनलोड कर लिया है अब हमको यहाँ पर करेड क्रेड क्रेड, क्रेड न्यूज पर कर, क्लिक करना है क्रेड न्यूज पर क्लिक कर लेते हैं हम सिक्सटीन पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट पर कर देना है हमने नेक्स्ट पर कर दिया है आपको यहाँ से कट करना है ये कट का नि संदिख रहा है अब हम जाएंगे मीडिया पर जाते हैं हम मीडिया पर पहुँच गए हैं आपको कोई बैक लेना है और कोई ऐसा कि बिल्कुल उस पर कुछ नहीं हो साफ वाला हो हम ये ले लेते हैं एक दो तीन ले लेते हैं हमें यहाँ से कट कर देते हैं अब इन बैकग्राउंडों को बड़ा करना है जितनी आपको इतनी बड़ी वीडियो बनानी है उतना बड़ा बड़ा बड़ा पहुँचाना है तो इसको आपको यहाँ क्लिक करें इसको यहाँ से खींच लें तो ये बड़ा हो जाएगा कि तो यहाँ पर धरें और इसको खींचें तो ये बड़ा हो जाएगा इस तो पर भी धरें यहाँ से खींचते रहें तो ये बड़ा हो जाएगा अब इसको सही पर करना है अब हमको कोई पिक्चर लगानी है पीछे साथ फ़ोटो के पीछे पिक्चर लगानी है कोई सीन लगाना है बढ़िया बड़ा पहाड़ों वाला फूलों वाला सीन लगाना है तो आपको लेयर में जाना है और इस पहले वाले पर क्लिक करना है और आपको उस वीडियो को लगाना है तो आपको वीडियो चलो हम वीडियो लगा लेते हैं हमारी वीडियो वीडियो ले लेते हैं हमारी वीडियो ये हैं हम एक वीडियो ये ले रहे हैं इसको आपको फुल में रखना है फुल में करके और इसको यहाँ से बराबर पकड़ लें और दूसरी वीडियो और लेनी है आपको यहाँ पर क्लिक करें पहले ले क्लिक करें और हमारी वीडियो इसमें तो इसमें से हम वीडियो ले सकते हैं तो हमने वीडियो ले ली आप इन वीडियो को यूटूब से बैकग्राउंड नाम से ढूँढ सकते हैं बैकग्राउंड नाम से बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आप वहाँ से डाउनलोड कर लें बैकग्राउंड नाम से और आप डाउनलोड करके फिर इसको लगा सकते हैं हम दो तीन वीडियो ले, ले लेते हैं चलो जल्दी से लेते हैं हमने वीडियो ले ली है अब हमको यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं चाहे हम अपना आप किसी लड़की का ड्रांस लगा सकते हैं चलो हम ड्रांस लगाते हैं इसके लिए आपको बैक वाला ड्रांस लेना होगा आप यूट्यूब पर ग्रीन बैकग्राउंड लड़की डांस से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो हम ले लेते हैं डांस हमने लेर को क्लिक किया लिया अब हम आ गए इसमें हमारे फंक्शन में इसमें डांस तो हम ये डांस ले लेते हैं हमने डांस ले लिया है अब हम इसको शुरू करते हैं हमने इसको इत, इतना बड़ा कर लिया है और बड़ा करके फुल में करके अब तो हमको इसका डांस कर क्लिक करना है ड्रांस पर क्लिक कर लिया और हमको क्रोमा की पजाना है क्रोमा की पे पहुंच गए हैं हम इसको इनेबल कर दें अब ये कलर दिख रहा है रेड है और इस बैकग्राउंड का ग्रीन है तो आपको ग्रीन करना है यहाँ पे तो ग्रीन कर लिया है ग्रीन करने के बाद अब आपको इसको इनेबल कर दिया इसकी सेटिंग यहाँ से आप साफ़ कर सकते हैं साफ हो गई हमारी अब हम इसको प्ले करके दिखाते हैं आप देख सकते हैं हमारा गाना प्ले हो गया है आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गाना है आप हम पूरा चलाकर दिखाएंगे आप देख सकते हैं गाना हमारा कितना बढ़िया बना है आप देख रहे हैं देख लिया आपने हमारा गाना कितना बढ़िया गाना बनाया है आप आप अब कोई गाना लगाना चाहते हैं तो इस ऑडियो पर क्लिक करें और यहाँ से फोल्डर पर करें फोल्डर के बाद इस पर आपका गाना ला सकते हैं यहाँ प्लस पर करके अपना गाना कोई भी लगा सकते हैं आपका गाना लग चुका है अब आपका गाना गाना लग चुका है अब आप वीडियो तैयार हो चुकी है अब आप अब इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है अगर आप किसी कैटेगरी में लेना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं एच में तो आपको एच में करके यहाँ से सेव वीडियो पर करना है तो आपकी सेव वीडियो हो जाएगी आपकी सेव वीडियो होने से लगेगी और वीडियो सेव हो रही है गैलरी में आप आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें बड़ी मेहनत लगती वीडियो बनाने में चैनल एक सब्सक्राइबर तो बनता है आप आप एक सब्सक्राइबर तो कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें किसी आज के लिए इसे इतना ही काफ़ी है दोस्तों नमस्कार आपकी